हेलो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कुछ किए बिना यू ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती नमस्कार साथियों मैं राजकुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पी स्टडी में उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बढ़िया एकदम मस्त चल रही है इन्हीं उम्मीदों के साथ आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में आप सबको पता है कि डीएलएड यानी बी टी सी में इस समय एडमिशन जोर शोर से हो रहे हैं और जिन लोगों ने जिन छात्रों ने बचपन से लेके जवानी बुढ़ौती तक कभी मैथ नहीं पढ़ा था वो भी पच्चीस नंबर की मैथ की परीक्षा देंगे तो उनके लिए मैंने इस बैच को स्टार्ट किया डीएलएड की अभी लगभग नई नई है नई नबीली बैच है ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया गया है उम्मीद है कि आपके लिए ये बैच हेल्पफुल क्या हमारी आवाज में सरसराहट तो नहीं आ रही क्योंकि मैंने ये लगा रखा है है पर काफी पंखा कूलर चल रहा है गरीबी में एसी नहीं चल रहा सिर्फ पंखे से ही काम चल रहा है तो आप बता दो कि हाँ आवाज बढ़िया है कि नहीं ठीक है आ, नई नबीली वाली बैच का ये लाइव नंबर जीरो नंबर फोर है मेरे भाई ठीक है आगे बढ़ा जाए सभी आ गए हो कि नहीं कौन छूटा तो नहीं है आजादी महोत्सव बैच है ये भूलना नहीं पंद्रह अगस्त के आसपास शुरू हुआ था बीच में आप लोगों ने बंद करवा दिया था अब तक आप लोगों ने भाज्य भाज्य संख्या पढ़ लिया है सम विषम संख्या पढ़ लिया है अपर संख्या पढ़ लिया है पुड़ांक, धन पुड़ांक, पुड़ांक, ये सारी मुसीबतें आप आप पार कर चुके हो तो अब एक एक नए मुकाबले के लिए तैयार हैं मुझे एक छोटा छोटा सा सा सा सवाल का जवाब दीजिए है है मगर प्यारा देखिए क्या कहता है वॉइ में थोड़ा तेज करूंगा अब और तेज हो गई होगी ना ठीक है सुनना और बताना निम्न में कौन कौन अभाज्य है पहला ऑप्शन है एट्टी वन नाइनटी वन नाइनटी नाइन डी नंबर है सिक्सटी वन जल्दी से फटाफट एक बार कोशिश कर लो सभी आ, कमेंट्स मुझे नहीं दिख रहे हैं पता नहीं कौन सी मुसीबत है कहो कहाँ गए आप लोग विकास यादव राम किशन पंडित गोपाल एकेडमी नेहा मोहित सिंह प्राची अः सुमित राठौर अनामिका सिंह हाँ सबका कमेंट्स मुझे दिख रहा है अः मेरा फोन गायब हो गया कमेंट पढ़ने वाला कौन ले गया एक मिल गया है मैं इसी में चला देता हूँ ठीक है मैं टॉपिक पे चलूंगा आज का टॉपिक है रोमन संख्या मेरे भाई क्या है रोमन अंक आशीर्वाद राज तिवारी वेरी गुड आशीष बहुत अच्छे बहुत अच्छे कितने अच्छे हो आप लोग मुझे तो पता नहीं था ठीक है वेरी गुड अर्पिता ओके ठीक है आइए इसमें अगर हम सही आंसर की बात करें मेरे भाई तो वो है सिक्सटी वन क्या है सिक्सटी वन देखिए कुछ ऐसे नंबर हैं जो देखने में तो भाज्य लगते हैं लेकिन वो रियल में अभाज्य होते हैं जैसे मैं उल्टा बोला थोड़ा देखने में वो अभाज्य लगते हैं लेकिन वो रियल में भाज्य होते हैं इसका एग्जाम्पल मैं पहले भी बताया था वो क्या बताया था मैं पहले आपको ये बताया था कि कुछ इंसान हमारे दैनिक जीवन में जिंदगी में आते हैं जो देखने में बड़े सीधे साधे भूले वाले मासूम से वफादार लगते हैं लेकिन अंदर से वो बड़े डेंजरस होते हैं समझ रहे हो ना बड़े गंदे टाइप के होते हैं वैसे ये नंबर होते हैं ये देखने में क्या लग रहे हैं आपको अभा लग रहे हैं प्राइम नंबर लग रहे जबकि ऐसा है नहीं इसके बारे में विस्तार से पिछली क्लास में बात कर चुके हैं इसका आंसर यह होगा यहां पर देखिए ये आजादी महोत्सव है आइए बात करते हैं रोमन अंक रेडिंग डालिए रोमन नंबर रोमन संख्या भैया ये मैथ की अपनी एक भाषा है जैसे आप उर्दू इंग्लिश हिंदी वगैरह वगैरह ये सब पढ़ते हो उसी तरह से रोमन रंग एक भाषा है मैथ एक लैंग्वेज है इनकी अपनी कहानी है अपना नियम है देखो कैसे समझो यहाँ पर प्यार से समझना है रोमन अंक समझिए तो रिपीट नहीं हो रही ना नहीं ना सही चल रहा है ना एकदम जैसे अगर मैं यहां पर कुछ लिखूं ध्यान से देखना फिर मुझे बताना क्या लिखा है बताइए क्या लिखा है कोई बता पाएगा अरुण कुमार यादव प्रियंका मिश्रा वेरी गुड ठीक है बहुत अच्छे विकास अजीत आवाज आ रही है बहुत मस्त आवाज आ रही है आवाज में कोई कमी नहीं है चाचा ये मत कहो के नहीं आ रही इसको आप लोग मुझे साधारण लैंग्वेज में बताओगे मैं बताऊं क्या ये मेरा मोबाइल नंबर लिखा है ये नाइन सेवन नाइन थ्री इसको सीधा सीधा लिखू तो आपको क्लियर हो जाएगा ये फोन नंबर लिखा मैंने यानी आप किसी का मोबाइल नंबर चुपके से फ्रंट पेज पर भी लिख दोगे तो आपके घर वाले या यार दोस्त को संकोच नहीं करेंगे नंबर किसका है भला नहीं समझ रहे हो ना ये सीक्रेट भाषा है ये नाइन है सेवन है नाइन है थ्री है फोर है एट है एट है फोर है फोर है एट ये मोबाइल नंबर है पीवीआर स्टडी का यही तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं गुप्त भाषा मैथ की अब तक आप लोग जो पढ़ते हैं ये सभी दशमलव संख्या पद्धति है ये दशमलव संख्या पद्धति है फोर फोर एट टू भी लिखा है इसे रोमन, संख्या बोलते हैं। ठीक है, रोमन अंक होता है आ, एक बाइनरी नंबर आपने पढ़ा होगा बाइनरी नंबर की अलग कहानी होती है उसमें कुछ ऐसे लिखते हैं जैसे जीरो पॉइंट वन वन इसके बेस में टू ऐसे ये नंबर सिर्फ कंप्यूटर समझता है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसे हिंदी में दुई आधारित संख्या पद्धति कहा जाता है इसमें सिर्फ दो डिजिट का प्रयोग होता है एक बाकी कुछ नहीं होता हो तीसरा मेरी आवाज तो क्लियर है ना एक बार बोल दो सभी यस वॉइस क्लियर है और नो डाउट नो कंफ्यूजन यार फोन एक पता नहीं कहा गायब हो गया जिसमें कमेंट पढ़ते थे वो मिल नहीं रहा मेरे को टेंशन हो रही कौन ले गया काहे को मुझे जुदा यह मेरा फोन जाने लौटा चलिए तो अब क्या करना है मेरे भाई इसमें आपको छोटी छोटी कुछ चीजें याद रखनी है उसके बाद तो फिर बड़ी बड़ी आप खुद ही याद करते जाओगे आप मुझे बताओ रोमन अंक में आपको कितना तक आता है जैसे आप गिनती पहाड़ा याद करते हो ना उसी तरह से यह भी याद किया जाता है छोटा छोटा तो कुछ मैं लिखवा देता हूं उसके बाद मैं समझाऊंगा जैसे लिख लीजिए वन वन को आई से लिखते हैं रोमन अंक में टू को डबल आई से रोमन अंक में कोष्टक में लिख रहा हूं ठीक है तीन को तीन बार आई इसको देख के अपनी आदत ना खराब करना चार को चार बार आई नहीं लिखोगे एक चीज इसमें अभी रूल लिखवाऊंगा तो समझना कोई भी अल्फाबेट जो भी यहाँ यूज होगा सही बोल रहा हूं ना उसको तीन से अधिक बार री नहीं किया जा सकता है जैसे आई को मैंने यहाँ पर तीन बार मैक्सिमम यूज कर लिया चार बार नहीं कर सकते हैं। और इसमें जब रूल लिखाऊंगा अभी इनका तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि कुछ ही ऐसे डिजिट हैं जिनको एक से अधिक बार रिपीट किया जा सकता है सारे डिजिट को रिपीट नहीं किया जा सकता को आई और ऐसे लिखते हैं सही जा रहा है ना कोई संकोच होगा तो बता देना फाइव को ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर बात पक्की है ना सिक्स को ऐसे लिख सकते हैं सेवन को ऐसे लिख सकते हैं बी डबल आई एट को बी तीन बार आई है मैंने बताया तीन से ज्यादा बार नहीं लिख सकते हो आप नाइन को आई और एक्स इनके बारे में कुछ शार्टकट नियम बताऊंगा पहले कुछ चीजें लिख लीजिए महबूब आलम तीनू कुमारी बहादुर समझ में आ रहा कुछ थोड़ा बहुत टेन को आप ये लिख सकते हो इस तरह से आप मुझे बताओ कितने तक लिख सकते हो ईमानदारी से बताना कितने तक लिख सकते हो आप लोग चलो ठीक है इतना लिख लो इलेवन में बात करें तो मेरे भाई इलेवन को हम ऐसा लिख सकता हूं टेन प्लस वन ना इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं सो बीन राइट इसको एक्स टेन के लिए और वन के लिए आई तो आई हो गया वैसे ट्वेल्व में हो जाएगा टेन प्लस टू टेन के लिए टू के लिए डबल आई थर्टीन का ऐसे बना लोगे फोर्टीन फिफ्टीन इसमें किसी को डाउट नहीं ना रहा नाइन देखो अगर आपको तक याद हो गया तो आप सब बना लोगे अर्पिता यादव मुझे लग रहा है इनको कुछ ज्यादा हजम हो गया ये पहले हजारे का बता रही है बना लोगे ना पक्का थर्टीन को टेन प्लस थ्री लिख सकते हैं टेन के लिए यी के लिए तीन बार आई अंजलि ऑफिशियल वेरी गुड लिखिए जल्दी जल्दी बहुत इंपॉर्टेंट है रोमन अंक मोस्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कापी पेस्ट वालों के लिए पांच सेकंड का मैंने होल्ड करा है चलो आ, इसको बना लेंगे ना अठारह तक ऐसे बना लीजिए अच्छा कितने लोग बना लेंगे भैया भैया एंड बच्ची कितने लोग बना लोगे हो आगे बढ़े ठीक है अब देखिए ट्वेंटी अगर बात करें जैसे नाइनटीन पे खत्म हो जाएगा नाइनटीन को टेन प्लस नाइन लिखोगे तो ट्वेंटी में डबल हो जाएगा ना ट्वेंटी इसको टेन प्लस टेन लिख सकता हूं तो मेरे भाई ये यक्स और यक्स हो जाएगा ट्वेंटी के लिए समझ रहे हो ना तो जैसे ट्वेंटी के लिए डबल एक्स हो गया वैसे मेरे भाई ट्वेंटी वन के लिए क्या होगा इसको ट्वेंटी प्लस वन कर सकता हूं ना ट्वेंटी तो के लिए डबल एक्स और वन के लिए आई इसको ऐसे लिख सकता हूं ऐसे आप उनतीस तक लिख सकते हो कि नहीं बताओ मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस तरह से उन्तीस तक लिख सकते हो लिख सकते हो ना इसी तरह से मेरे भाई जो तीस होगा थर्टी थर्टी का बना लोगे, ऐसे सब बना लेना जैसे बता रहा हूं तीस का आप ऐसे लिख सकते हो तो ये तीन बार यक्ष हो जाएगा लेकिन रुकना यहीं पर चालीस को यू कैन नॉट राइट एज दिस इंग्लिश में थोड़ा बोलते हैं इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते हो ये रूल के खिलाफ हो जाएगा इसे आप चार बार यक्स नहीं लिख सकते हो नहीं तो कहो इसको तो चर्चा तो कर ले रहे थे इसको तो कर ले रहे थे तो इसको नहीं कर सकते तो क्योंकि कोई भी डिजिट को सॉरी मतलब माफी चाहते हैं किसी भी लेटर को किसी भी अल्फाबेट को लेटर और अल्फाबेट क्या होता है अंतर जानते होता है कुछ बात करेंगे उसके बारे में बाद में छोड़िए किसी भी जो भी ये लेटर आपको दिखेगा ए बी सी भी सीवी? मतलब वेरिएबल अगर बात करें मैथी भाषा में उसे आप एक से अधिक बार लिख सकते हो लेकिन मैक्सिमम तीन बार तीन से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हो जैसे ये तीस के लिए तीन बार डायरेक्ट लिखा लगातार आप तीन से ज्यादा यूज नहीं करोगे कहीं भी कोई भी अल्फाबेट ठीक है आगे बढ़े तो जैसे तीस का आपको पता है कि ये तीन बार एक्स हुआ ना इसी तरह पर इसी आधार पर आप यहाँ पे देखो इकतीस का आप लिख लोगे मुझे बताओ इकतीस का क्या होगा इकतीस का बता दीजिए फिर हम कुछ मजेदार बातें करते हैं मतलब चटपटी मसालेदार बताओ सुनिए इधर सुनिए आइए चटपटी मसालेदार में मैं ये बोल रहा था कि कुछ फुल स्टाक वाली चीजों को लिख लेते हैं मेन मेन पॉइंट वालों को बस बाकी चीजें उसी के बीच में आ जाती है जैसे आपका एक हो गया दस हो गया पचास हो गया सौ हो गया पांच सौ हो गया हजार हो गया बस इनको लिख लीजिए बाकी बीच में आ जाती परमोद विश्वकर्मा ने सबसे पहला जवाब दिया है बीरबहादुर अनमोल शर्मा वेरी गुड इकतीस को भैया इकतीस को ऐसा लिख सकते हो तुम इसके तीस के लिए तीन बार एक्स और वन के लिए आई इकतीस हो गया बत्तीस के लिए दुई बार आई पैतीस के लिए तीस धन तीन ऐसे ही कुछ इसमें कोई डाउट एनी डाउट नहीं, नहीं ना चलो आगे बढ़ते चलें कोई दिक्कत नहीं ना सेशन को लाइक जरूर करें आप लोग और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें देखिए आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हो इस वजह से बच्चे नहीं आते फिर आपका फर्स्ट सेमेस्टर नहीं चलता इसलिए सेकेंड थर्ड फोर सब चलता है फिर आप कहते हो कि हमारा नहीं चल रहा है नहीं चल रहा आप लोगों से अनुरोध है शेयर किया करिए शेयर करने में कोई शर्म की बात नहीं इसी तरह से मेरे भाई ये बढ़ता जाएगा थर्टी नाइन तक फिर, फिर और जीरो फोर्टी आएगा चालीस वाले का कुछ अलग होता है कोई बताएगा विकास मोहित सिंह हाँ मोहित जी बोलिए क्या डाउट है चालीस का बिल्कुल अलग होता है एल एक्स और एक्स एल में थोड़ा अंतर होता है ना फटाफट बताते चलो फिर इसका नियम लिखवाएंगे अभी नियम में थोड़ी कहानी है लंबी हाँ इसका नियम लिखवाएंगे तो उसमें थोड़ी कहानी बनती है आ, इसमें नियम लिखवाना पड़ेगा हाँ इसका एक्सेल होता है वो जैसे आप देखते हैं ना साइज वाला लोग नापते हैं भाई हमारा मीडियम साइज एम होता है साइज़ होता है ना डबल डबल शर्ट वर्ट में जो काफी मोटा तकड़ा होता है डबल एक्सएल का कपड़ा पहनते हैं हम लोग का इस्लॉल में बड़ा लगता है ये एक्स होता है आ, इनका नियम में लिखवा देता हूँ तो आपको थोड़ा चीजें इंटरेस्टेड हो जाएंगी चलो नियम लिखवा देता हूं थोड़ा कुछ चीजें आइए इनको लिखिए एक बात याद रखें जो कम समय में पूरा कोर्स करना चाहते हैं डायरेक्ट हमसे डाउट वगैरह पूछना चाहते हैं वो पीबीआर स्टडी ऐप में जाकर के सब्सक्रिप्शन जरूर ले ठीक है अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से तो आप हमारे काफी करीबी स्टूडेंट हो जाते हैं जो आप चार लाख की संख्या में YouTube पर हैं फिर एप्लीकेशन में आप एक बैच में चार सौ बच्चों में हो जाते हैं कुछ मेन मेन फुल स्टाफ वाले नंबर लिखिए स्तंभ वाले जो हैं इंपॉर्टेंट जैसे वन वन फाइव यही तो था टेन फिफ्टी हंड्रेड फाइव हंड्रेड और वन थाउजेंड नीचे दिख रहा है ना सुनिए वन को रोमन अंक में तो आई से लिखते हैं जा ही चुके हो फाइव को वी से टेन को एक्स से ये पचास वाला जो बताएगा वही सिकंदर है कंदा चलो कौन बनेगा भाई एनी कोई बताएगा कोई भी आ, कुछ लोग बता रहे हैं यल ठीक है वेरी गुड एक बड़ी विशेषता ये है कि रोमन अंक को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है इनको इसमें लिखा जाता है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है भी uh, uh, होता है लगभग कैपिटल में ही चांस को एल बिल्कुल सही बोल रहे आप हंड्रेड को सी इसको डी और इसको कहा होता है भाई लास्ट वाला रोमन में अगर सिंगल लेटर यूज करना है तो वो स्मॉल लेटर नहीं यूज होता कैपिटल लेटर यूज होता है जहां सिर्फ एक होता है सिंगल वहां पर एक ये अवस्था में सिंगल नहीं यूज होता है ठीक है इतने में किसी को कोई डाउट नहीं ना कोई परेशानी तो ये आप लिख लीजिए जल्दी उतारिए विकास यादव अर्पिता पूजा अनामिका कल्पना नेहा क्यों आ लड़के लोग कहीं ससुराली चले गए कहा भाई कहाँ गए सब इसमें एक चीज और याद रखिएगा रोमन को कभी भी आ, जीरो को रोमन अंक में नहीं लिखा जा सकता है शून्य को रोमन अंक में नहीं लिखा जा सकता है नहीं तो कहीं कोई पूछ ले तो तुम कंफ्यूज हो जाओ ठीक है ये फर्स्ट सेमेस्टर का ही चल रहा है कोई और सेमेस्टर नहीं है तो इस क्लास को आज मैं पच्चीस मिनट ही रखता हूं इसके आगे आप लोग इसमें थोड़ा अच्छा रिस्पांस दीजिए शेयर करिए खूब दबा के, ठीक है खूब दबा के शेयर करिए जिससे कि इस क्लास को मैं कंटिन्यू चला सकूं, निवेदन है आप सभी से ठीक है इसके आगे कल पढ़ाऊंगा बहुत कम बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पर ठीक है क्लास के बारे में किसी को कुछ कहना है तो कमेंट करिए निःसंकोच करिए बातचीत करना है जल्दी बोलिए दो मिनट का टाइम है नहीं तो मैं बंद करता हूं कुछ कहना है मैं बंद कर रहा हूँ ठीक है नीचे नंबर चल रहा है उस पर संपर्क करें अगर कुछ कहना है तो लेना है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें इसके अलावा आप पी वी आर स्टडी ऐप में जाके सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं बहुत बहुत थैंक यू मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पर रात दस बजे से और हाँ एक चीज याद रखियेगा अब इसमें एक आपको समझने के लिए है प्रथम तीन दिन मंडे ट्यूजडे ये ये आपका सेमेस्टर सेमेस्टर होगा होगा ठीक है लास्ट का तीन दिन डे फ्राइडे और प्रथम याद रखना शुरू के तीन दिन सेकेंड सेमेस्टर का मैथ चलेगी लास्ट का तीन दिन फर्स्ट सेमेस्टर चलेगी ये याद रखना कंफ्यूज नहीं होना थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का क्लास पी स्टडी एप्लीकेशन में चल रहा है जाके इनरोल कर सकते हैं जब यूट्यूब पर ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे थर्ड फोर चला दिया जाएगा याद रखें समझ गए ना